दोस्तों मुझसे ना हो पाएगा बस इतना कह पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अगर कोई हिम्मत जुटा से जुटा हमसे या कहीं भी दे तो उसके इस सच को स्वीकार कर पाना और ऐसा कहने के पीछे उसकी वजहों को समझ पाना उससे भी मुश्किल काम है यह उसकी कोई जिद नहीं बल्कि उसकी असमर्थता है उसके इस भाव को समझ पाना बहुत मुश्किल काम है यह इंसानी स्वभाव ही है कि जिन विषयों पर हमारी पकड़ मजबूत होती है और दूसरों की कमजोर उन विषयों को लेकर हम आक्रामक हो जाते हैं पेट के सारे रास्ते बंद कर देते हैं और केवल अपना पक्ष जीने लगते हैं